प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त देशभर के जिला पंचायत अध्यक्षों को अब राज्य मंत्री की तरह आवास व सुरक्षा जैसी अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी राज्य मंत्री को मिलने वाली सुविधाओं और प्रोटोकॉल का अब पूरा पालन किया जाएगा जिला पंचायत अध्यक्ष संघ के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अपनी बारह सूत्रीय मांग को मुख्यमंत्री के सामने रखा जिस पर विचार कर सीएम ने निर्णय लिया है जिला पंचायत सागर के अध्यक्ष और पंचायत संघ के अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत के नेतृत्व में प्रदेश भर से चवालीस जिला पंचायत अध्यक्ष अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। इस दौरान हीरा सिंह राजपूत ने प्रत्येक मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा जिसके बाद कुछ देर विचार करने आरोप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी मांगों को मानकर मांग जल्द ही उन पर अमल करने की घोषणा कर दी मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल ऐसी कहा कि जिला पंचायत अध्यक्षों की अन्य मांगों पर अधिकारियों का दल बनाकर परीक्षण उपरांत इसे जल्द लागू करेंगे जिसके बाद आभार हाँ जताते हुए हीरा सिंह राजपूत ने कहा कि आपके नेतृत्व में वर्ष 2023 में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी हम सब चाहते है की आपके दिए गए अधिकारों का उपयोग कर सके प्रदेश की जनता के हित में पार्टी की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए समग्र विकास की परिकल्पना को साकार करें इस दौरान प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदारिया मौजूद रहे देखिए आज हम मध्य प्रदेश के सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको समय दिया था मिलने का हम लोगो ने अपनी बारह सूत्री मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी और निश्चित रूप ऐसी मुख्यमंत्री जी ने बहुत समय दिया